दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज की वीडियो में हम भारत के ग्यारह अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आपको भी अपने देश पर गर्व होगा तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं नंबर वन भारतीय रेलवे में प्रतिदिन यात्रा करने वाले लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है सात से अधिक स्टेशनों को आपस में जोड़ता हुआ भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो 12,617 ट्रेनों में प्रतिदिन 23 मिलियन से अधिक यात्रियों को ले जाता है नंबर टू दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह अमृतसर में स्वर्ण मंदिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित अमृतसर का स्वर्ण मंदिर दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगह है जहाँ हर दिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं नंबर थ्री राजस्थान में चूहों का मंदिर पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर सिर्फ भारत में ही है राजस्थान में करणी माता मंदिर हजारों चूहों का घर है जिन्हें तीर्थयात्री अपना पूर्वज मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं जो इसे भारत के सबसे अजीब आकर्षणों में से एक बनाता है और साथ ही भारत के बारे में सबसे अज्ञात तथ्यों में से एक है नंबर फोर दुनिया का सबसे बड़ा परिवार मिजोरम के बकटावन गांव में अपनी सौ कमरों वाली हवेली में रहते हुए श्री जियोना चाना एक सदस्यों वाले दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया हैं उनकी उनतालीस पत्नियां, चौरानवे बच्चे 14 बहुएँ और 33 पोते पोतियां हैं नंबर फाइव रूपकुंड कंकाल झील स्थानीय रूप से मिस्ट्री लेक या कंकाल झील के रूप में जाना जाता था उत्तराखंड का रूपकुंड झील के तल पर और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले सैकड़ों मानव कंकालों के लिए बदनाम है नंबर सिक्स दुनिया में सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उन्नीस फीट से अधिक की ऊंचाई पर लद्दाख में आपका स्वागत करती है बाइक उत्साह ध्यान दें क्योंकि भारत के बारे में थोड़ा सा तथ्य आपके लिए एक नया से भरा रोमांच ला सकता है। नंबर दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन है जो सर्जरी से लेकर कैंसर के इलाज से लेकर दूर दराज के गाँव तक अपनी सेवाएं देती है नंबर एट डॉक्टर ए पी जेको समर्पित एक दिन डॉक्टर कलाम ने 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड का दौरा किया था और उस दिन को स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है नंबर नाइन दुनिया में शाकाहारियों की सबसे बड़ी संख्या क्या आप शाकाहारी हैं? हिंदू धर्म का पालन करने वाली अधिकांश आबादी के साथ लगभग उनतीस से चालीस लोग शाकाहारी है नंबर टेन बेनी प्रसाद 6.5 वर्षों में दुनिया भर में यात्रा करने वाले सबसे तेज व्यक्ति दुनिया के पहले बोंगो गिटार को डिजाइन करने वाले भारत के इस वाद्य गिटार वादक ने 6 साल 6 महीने और 22 दिनों में दो देशों की यात्रा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है यह भारत के बारे में बहुत से अज्ञात तथ्य हैं जाओ इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाओ और उनके दिमाग को भी उड़ा दो